जी उठ जाओ मैं चाय बना रही हूँ हाँ, मैं कौन सी पुट्टी में सोला हूँ उठो तो बना लो लाइट चुप चुप